कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से ली डर है इसे क्या डरे क्या हम जितना जुल्म करना है कर ले जनता देख रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का पच्चीसवा महाधिवेशन होना है और केंद्र सरकार